पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस मध्य प्रदेश भवन की नींव रखी थी उसका कार्य पूरा हो चुका है 1.2 एक एकड़ में फैले इस भवन में 110 कमरे बनाए गए हैं ये भवन 150 करोड़ रुपए की लागत में बनकर तैयार हुआ है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका उद्घाटन करेंगे जिस नए भवन में 2 फरवरी को शिवराज कैबिनेट बैठक होगी कमलनाथ सरकार में शुरू हुआ मध्य प्रदेश भवन करीब तीन साल बाद बनकर तैयार हो गया है इस भवन में फाइव स्टार होटल जैसी सर्व सुविधाएं उपलब्ध है यह भवन पांच हजार आठ सौ नवासी वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है इसमें एक सौ दस कमरे हैं, जिसमें दो वीवीआईपी स्वीट हैं व सड़सठ डीलक्स कमरे हैं। इसके साथ ही भवन में, में मीटिंग हॉल कन्वेंशन हॉल ऑडिटोरियम एक भोजनालय कक्ष भी है इस नए भवन में प्रदेश की संस्कृति महापुरुषों के जीवन प्रदेश की प्राकृतिक सौंदर्य समेत साचिक खजुराहो मांडू उज्जैन ओंकारेश्वर अमरकंटक ओरछा सहित महत्वपूर्ण स्थलों की छटा भी देखने को मिलेगी इस भवन में तीस से चालीस सालों की जरूरतों के हिसाब से निर्माण किए गए हैं